हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम फेसबुक प्रोफाइल नेम कैसे चेंज करते हैं फेसबुक प्रोफाइल नेम कैसे चेंज करते हैं ईमेल कैसे ऐड करते हैं और निकनेम कैसे ऐड करते हैं अगर आप सीखना चाहते हो इन चीज़ों के बारे में तो आप फेसबुक पर क्लिक कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देखें और आप सीख जाएँगे ऑटोमेटिकली और उसके बाद हम ऊपर दिए गए डार्ट पे क्लिक करेंगे थ्री डाट पर स्क्रोल डाउन करेंगे नीचे सेटिंग एंड बेसी पर क्लिक करेंगे जैसे आपको तो दिख रहा है सेटिंग एंड प्रीवेसी पे मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं सेटिंग पे क्लिक करूँगा आप देख पा रहे होंगे कि मैं उसके बाद मैं सेटिंग पे क्लिक करूँगा जैसे मैं सेटिंग पे क्लिक करूँगा उसके बाद मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो मैं इस पे पर क्लिक करूँगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जैसे देख देख पा रहे होंगे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देता हूँ उसके बाद मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ और मैं नेम पर सेलेक्ट करूँगा अगर मैं ई चेंज करना चाहता हूँ ई एड्रेस पे फ़ोन नंबर चेंज करना यहाँ से आइडेंटिटी कन्फर्मेशन अकाउंट मैनेज और आप देख सकते हैं कि मैं नेम चेंज करना सिखाना चाहता हूं आपको मैं नेम पे क्लिक करूंगा और उसके बाद जैसे मेरा न्यू विंडो ओपन हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं कि नेम चेंज करने के लिए देखो चेंज ऑर्डर नेम पे क्लिक करना है उसके बाद नेम लेके हमको सबमिट कर देना है और जे परमिशन है इसकी सिक्सटी डेज में एक ही बार चेंज कर सकते हैं हम और हम उसके बाद हम क्लिक कर सकते हैं ऐड अक नेम एंड वर्थ नेम वे ऐड कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल के आइकन को प्रेस कर देना और हम न्यू वीडियो में मिलेंगे